वीडियोस वो होते हैं जो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन पर राइट साइड में या फिर यदि आप मोबाइल ऐप पर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे शो होते हैं अब आप सोच रहे होंगे कि ये सजेशन किस बेसिस पर होते हैं YouTube हमारे हर एक्शन पर नजर रखता है जैसे कि हम कौन सा वीडियो देख रहे हैं किस टाइप के वीडियोज हम अक्सर देखते हैं और हमारी वॉच हिस्ट्री में किस तरह के वीडियोज हैं और इन्ही वीडियोज को आधार मान कर हमें सिमिलर वीडियो सजेस्ट करता है और यही वीडियो हमें अपने कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पर दिखते हैं। ये सजेस्टेड वीडियोस किसी भी YouTube चैनल के हो सकते हैं चाहे आपने उन चैनल पर पहले कभी विजिट किया हो या ना किया हो चलिए अब बात करते हैं कि आप अपने वीडियोस के लिए ऐसा क्या करें जिससे वे ज्यादा से ज्यादा दूसरे व्यूअर्स के सजेशन में आए तो सबसे पहले आता है मेक अ स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन इसके बाद आता है सजेस्ट टू वॉच नेक्स्ट यानी की आपको अपने वीडियो आरोप अपने व्यूअर्स को ये सजेस्ट करना है कि वो आपका अगला वीडियो भी देखे वीडियोस की सीरीज तैयार करने से आपके व्यूवर्स को आप अगला या पिछला वीडियो देखने के लिए सजेस्ट कर सकते हैं वीडियो सजेस्ट करने के लिए अपने YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट तैयार करें। जैसे किसी एक टॉपिक पर यदि आपने पाँच छह तरह के वीडियो बनाए हो तो उनकी प्ले तैयार कर ले इससे व्यूवर्स ये समझ जाएंगे की आपके पास इस तरह के और भी वीडियो है अपने वीडियो की आखिरी स्क्रीन आरोप आप अपने दूसरे वीडियो की लिंक या थंबनेल दे सकते हैं जिससे व्यूअर को अगले वीडियो की जानकारी मिल जाएगी तो ये थी जानकारी अपने वीडियोस को सजेशन